नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपांशु है आज मैं आपको बताऊंगा कि बीपी अपने ग्राहक का बिलिंग कैसे करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लिया और आप सर्च करना है आपको ये न्यू स्लैस वेब स्लैस लॉग ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से भी आप डाइवर्ट कर सकते हैं और ये आप सर्च करके भी आप ये पोर्टल आप खोल सकते हैं तो अब यहां पे ईमेल आईडी आएगा यहां पे पासवर्ड होगा तो ईमेल आईडी में आपको क्या करना है कि अपना बीपी कोड यहां पे डालना है तो बीपी कोड यहां पे आप डाल देंगे बी कोड यहाँ पर डाल देंगे नीचे अपना पासवर्ड डाल देंगे तो पहले से मैं ये चीज़ें सेव कर रखा हूँ जिस वजह से ये आ रहा है तो मैं क्या कर मैं अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर चलिए मैं लॉगिन करता हूँ ये मेरा लॉगिन हो गया पोर्टल उसके बाद सो आप उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिस्कस के जस्ट बगल में ये आपको फोर डॉट्स दिखेंगे इस पर क्लिक करना है उसके बाद से आपको पॉइंट ऑफ सेल पर क्लिक करना है पॉइंट ऑफ सेल पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपका बी कोड और आपके स्टोर का नाम आ जाएगा उसके बाद से आपको यहां पे रिज्यूम पे क्लिक कर देना है नहीं तो यहां पे आपको न्यू सेशन लिख के आता है उस पर क्लिक कर देंगे अगर आपके में रिज्यूम आ रहा है तो रिज्यूम पे क्लिक करेंगे अब अगर आपके पे न्यू सेशन आ रहा है तो न्यू सेशन पे क्लिक करेंगे तो बिलिंग करने के लिए ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे दिखने लगे तो यहाँ पर आपको सर्च प्रोडक्ट का एक ऑप्शन दिखाएगी यहाँ पर ऊपर की तरफ तो ये सर्च प्रोडक्ट की जगह पे क्लिक करके अपने स्कैनर से अपने प्रोडक्ट को स्कैन करना है ठीक है तो मेरे पास खैर कोई प्रोडक्ट इस समय है नहीं जिस वजह से मैं स्कैन नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ मैंने प्रोडक्ट के बारकोड मैंने लिख रखे हैं तो मैं वो वो बारकोड मैं में यहाँ पर इंटर कर देता हूँ तो जैसे कि ये मेरे पास बार है दो बार है और मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ और मैं पेस्ट कर दूँगा पेश करने के बाद मैं जैसे इंटर करूंगा देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया और इसी तरीके से आप जब यहाँ पे क्लिक करके स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे कि यहाँ पे ब्रांड का नाम नम, ये लिखा हुआ है दानाराम नमकीन स्नैक्स प्लेन रायता बूंदी 180 ग्राम यहाँ पे यानी कि आपका ब्रांड का नाम वो क्या प्रोडक्ट है वो दिख गया आपको और कितने ग्राम का है वो दिख गया आपका और जिसमें से उसकी एम है सॉरी एम तो नहीं है बट जितने में कस्टमर को देना है चवालीस रुपये सत्रह पैसे में कस्टमर को हमें बेचना है ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं कि पीस आ रहा है एक पीस चवालीस रुपये सत्रह पैसे पर पीस इसका रेट है ठीक है अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पीस की बिलिंग हो रही है अगर मान लीजिए आपके पास दो प्रोडक्ट है कस्टमर को या फिर दो प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है तो यहाँ पर दो प्रेस कर लीजिए यहाँ पर देखेंगे दो पीस आ गया यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट बढ़ जाएगा अगर आपको तीन करना है तो तीन कर दीजिए तो ये तीन जैसे मैंने दो तो पहले से क्लिक कर रखा था और तीन अभी प्रेस किया तो इस वजह से ये तेईस पीस हो गया तो यहाँ से आप कट कट बैक स्पेस कर सकते हैं कट कर, कर सकते हैं अभी देख सकते हैं यहाँ पे जीरो हो गया यहाँ पे आपको तीन पीस करना है तो तीन पीस चाहिए अगर आपको मान लीजिए दस पीस करना है तो यहाँ पर क्लिक करके दस पीस ठीक है एक प्रोडक्ट और मैं इस पर कर लेता हूँ जैसे एक और है मेरे पास ये स्कैन कर ले आ अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे वहाँ से कॉप यहाँ पे देखिए बारकोड को हमने यहाँ पे कॉपी कौ, किया और सर्च प्रोडक्ट में हमने पेस्ट कर दिया पेस्ट करने के बाद से आपको क्या करना है इंटर कर देना है इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको वो चीज़ें दिख जाएँगे यहाँ पे आ रहा है टॉप टॉपिकल गोल्ड ग्रीन चिली 375 सौ ग्राम ठीक है तो मुझे दोनों दोनों प्रोडक्ट की एक एक क्वान्टिटी में मुझे बिलिंग करनी है तो अब मैं आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे प्रोडक्ट ऐड करेंगे कैसे स्कैन करेंगे और कैसे आप इस चीज़ों को करेंगे ठीक है यहाँ पे आपको ये अमाउंट आ जाएगा दोनों का uh, 154.17 पैसे ठीक है ये आपका अमाउंट पर प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे पीस आपको दिख जाएंगे ठीक है अब कस्टमर है कस्टमर पर क्लिक करेंगे आप ठीक है उसके बाद से यहाँ पे देखिए कस्टमर का यहाँ पे दिख जाएगा कस्टमर पे क्लिक करना है आपको फिर क्रिएट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, पे कस्टमर का नाम डाल देंगे ठीक है यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल देंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपका ये हो जाएगा यहाँ मैं नाम भर देता हूँ चलिए जैसे कि मैंने ये शुभम ठीक है मैं अपने कस्टमर का नाम डाल देता हूँ शुभम ठीक अब उसके बाद से यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो सिटी डाल देंगे यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे उसके बाद से यहाँ पर कस्टमर का अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर इतना चीज़ फिल करने के बाद से ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं है अगर है तो डाल सकते हैं आप और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप फिल कर देंगे जब आप आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है सेव पे क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ पे दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी एगजिस्ट आ रहा है यानी कि ये मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है ये पहले से ही रजिस्टर है यानी दे रखा है कस्टमर मोबाइल नंबर डाल देंगे ठीक है यहाँ पे मैंने कोई दूसरा मोबाइल नंबर इंटर कर दिया अब हम सेव कर देंगे यहाँ पर देखिए सेव हो गया अब मैं सुबह सर्च कर लूँगा यहाँ पर सर्च में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुबह इस जगह पर आपको सर्च करना है जिस नाम से आपका कस्टमर था ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये शुभम है यहाँ पे मुझे ये दिख गया उसके बाद से मैं सेट कस्टमर पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कस्टमर का नाम आ जाएगा शुभम ठीक है उसके बाद से आपको क्या करना है कि पेमेंट पे क्लिक करना है पेमेंट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपका पेमेंट आ जाएगा कि कितने रुपये कस्टमर को पे करना है वन एक सौ पैसे का ये बिलिंग है यानी कि कस्टमर को ये पे करना है अब वो कस्टमर किस मेथड से वो पे कर रहा है कैश के थ्रू कर रहा है तो कैश पे हम क्लिक कर देंगे ठीक है अगर मान लीजिए कि आपके पास कस्टमर ने आ, दो सौ रुपये दिया तो यहाँ पे मैं दो सौ रुपये डाल देता हूँ ठीक है जैसे कि मैंने कैश पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से मैं दो पे कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं दो आ गया 200 आने के बाद से ये आपका कितना देना आपसे आपको लेना है एक पे 17 पैसे देना कितना है पैंतालीस रुपये तिरासी पैसे इस तरीके से पता चल जाएगा बट आपको ये चेंज का मेथड नहीं हो पाएगा इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैश पे क्लिक करना है ठीक है एक तरीके का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि, कि कितना कस्टमर को हमें देना है ठीक है ये कैलकुलेशन के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ तो कैश पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद से अगर मान लीजिए कस्टमर का इन्वाइस जो है यानी बिल जो है आपको पीडीएफ में सेव करके रखना है या फिर कस्टमर को व्हाट्सएप करना है तो आप इस जगह पे इनॉइस पे आप क्लिक कर सकते हैं इस पर आप क्लिक कर सकते हैं इनवाइस पर इनवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो कस्टमर का जो बिल होगा वो पी में सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा ठीक है तो मैं चलिए मैं करता हूँ ये मैं वैलीडेट पे मैंने क्लिक किया ठीक है और जैसे मैंने वैलीडेट किया देखिए मैंने इनवाइस पे वो क्लिक कर रखा था जिस वजह से पी मेरा डाउनलोड हो गया कस्टमर का जो बिल है वो डाउनलोड हो गया मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए कस्टमर का यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज़ ये चीज़ें आपका बी का यहाँ पे बी पी कोड बी का नाम ये सारी चीज़ें ये उनका पेमेंट ठीक उसके बाद से प्रोडक्ट की जानकारी ये सारी चीज़ें उनको मिल जाएंगे यहाँ पे कस्टमर का नाम शुभम मार्टीनगंज आज़मगढ़ ये सारी चीज़ें उनको दिख जाएंगी ठीक है ये आप उनके व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी पे जिसके भी थ्रू उनको आप भेजना चाहते हो वो आप भेज सकते हैं इस पीडीएफ को ठीक है ये आपके डाउनलोड में आ जाएगा कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा ये आप फाइल खोलेंगे उसके बाद से आप ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है ये देख सकते हैं यहाँ पे साइज है यहाँ पे दो बज के इक्कीस मिनट पी यहाँ पर दो बज के बाईस मिनट यानी जस्ट एक मिनट पहले ये चीज़ डाउनलोड हुई यानी कि ये एनवाइस था ठीक है उसके बाद से अब कस्टमर का बिल जो है यहाँ से आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर अगर कस्टमर के पास ई मेल है कस्टमर का अगर ई मेल है तो यहाँ पे आप डालेंगे डाल करके आप सेंड पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे सेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ई मेल आ जाएगा ई मेल का मतलब कि ये पी जो है ये बिल जो है उनके ई मेल पर सेंड हो जाएगा ठीक है अब इस बिल को आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास वो प्रिंट रिसिप्ट वो प्रिंटर ए आपका होगा तो प्रिंटर ए चूज़ कर लेंगे ठीक है प्रिंटर क्योंकि आपका प्रिंटर जो होगा ये प्रिंटर टी है उसके बाद आपका क्या करना है ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी उसके बाद डायरेक्टली आपको प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो बिल है वो प्रिंट हो जाएगा ठीक है और उसके बाद आप अगर आपको नया ऑर्डर आपको बनाना है किसी नए कस्टमर की बिलिंग करनी है तो न्यू ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं आप अपने नए जगह पर आ जाएँगे दोबारा से फिर प्रोडक्ट को आप यहाँ पर क्लिक करके स्कैन करेंगे फिर वही सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी फिर वो वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है बस इतना ही सही है आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे